हेलो भाई लोग आज हम निकलने वाले हैं न्यू वेपन रॉयल पहले डायमंड रॉयल स्पिन करेंगे कुछ नहीं निकला मुझे लगा मैच क्यों निकलेगा इसमें भी नहीं चलो अब चाहते हैं की स्किन तो अच्छी है पर्पल की चलो पहला स्पिन करते हैं और नहीं निकला ये दूसरा इसमें निकलेगा नहीं निकला अब तो 99 हो गया तो निकलाचुलेन <coughs> कल निकल गया है अब अब देंगे बंदे